याद रखना लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनता है और लेजेंड्स घर में बैठ के कोई नहीं बनता है बाहर जाना पड़ता है अपने आप को तपाना पड़ता है प्लीज रिमेंबर सोना भी हो चाहे कुछ भी हो तपते हो तभी बनते हो